Okay. चल सबीर बेलचौतरा तो सबीर भाई अभी बेलचौ तो आ रही वीडियो बन रहा है

गए थोड़ा थोड़ा शरमा रहा है हम लोग करेंगे अभी क्या